लाए माता रानी बेहद प्रसन्न होंगी नंबर वन तुलसी का पौधा तुलसी के पौधे को संसार का सबसे पवित्र पौधा माना जाता है इसलिए नवरात्रि में तुलसी के पौधे को अपने घर जरूर लाएं। नंबर टू सोलह श्रृंगार माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अपने